अलग अलग प्रजातियों की तुलसी का वर्णन आता है और वन विज्ञान में भी युग ऋषि लिखते हैं कि ये सबसे पहले वन तुलसी देख रहे हैं आप ये वन तुलसी का एक पौधा देखो ये पूरा हिल रहा है एक पौधा ये मेरे हाथ है और ये उसके मंदिरिया आ गई है ये वन तुलसी की पत्ती है बहुत सुगंधित होती है वन तुलसी इसकी सबसे बड़ी विशेषता बताई गई है ये परजीवी रोगाणु कीटाणु को जड़ से मिटाती है इसके बाद देखिए गौरी एक गौरी तुलसी का देख रहे हैं आप इसके पुंके स लंबे रहेंगे गौरवर्ण की रहेगी इसकी देखो शाखाएं भी कितनी सुंदर और ये गौरी तुलसी जो होती है इसका पत्ता बहुत ही साफ्ट और रहता है और हल्की नींबू जैसी इसमें खुशबू आती है और आप देख रहे हैं कृष्ण तुलसी वैसे गंध में कृष्ण तुलसी बहुत ज्यादा तीव्र होती है देखो इनके पुंकेसर, फूल भी और इनके फूलों के अंदर ये बीज भी आप पकने लगे हैं और ये सबसे ज्यादा ज्वर नाशक और दर्द में इसका बहुत अच्छा गुण और गुण बताया गया है देख रहे हैं राम तुलसी ये राम तुलसी की विशेषता होती है कि हल्की सी इस कलर में होगी ब्राउन कलर में और इसकी एक बड़ी विशेषता इसके अंदर के जो बीज रहेंगे उसकी दूरियां और पांच पांच इसके श्रृंखला में चलेंगे इसको कहते राम तुलसे और राम के बाद आपको देखिए कपूर तुलसी और इसके अंदर एक में पच्चीस बीज निकलेंगे एक एक में पांच पांच बीज और ये कपूर तुलसे इसकी मंदरिया जो रहेगी इस प्रकार से एक लाइन से रहेगी इसके पत्ते में बहुत अद्भुत खुशबू आएगी देखो ये कपूर तुलसी का खुशबू लीजिए इसका अद्भुत खुशबू आएगा बहुत अद्भुत खुशबू आती है ये कपूर तुलसी को जला दो घर में इससे काकरोच मक्खी मच्छर और रोग कीटाणु फैलाने वाले बैक्टीरिया भी भाग जाएंगे और देखिये ये हमने इसका करीब पच्चीस पौधे तैयार करे है और इनको ऐसा ड्रिप डाला है देखिए यह हर ये चार इडली पेरिकेशन के द्वारा डेढ़ बाय डेढ़ की दूरी पर ये पूरी पांचों तुलसी लगा रखे हैं ये आप देख दर्शन कर रहे हैं पंच तुलसी के दर्शन कर रहे हैं इसके मेड़ों के चारों तरफ पंच तुलसी मोल के वृक्षों के बीच में लगा रखे हैं गायत्री धाम से का तुलसी वृंदावन के आपने दर्शन करे बहुत धन्यवाद